नमस्कार दर्शकों स्वागत है 7 सितंबर 2019 के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में शनिवार का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया लेकर के आया इस पर चर्चा करेंगे साथ ही साथ आज के पंचांग पर भी दृष्टि डाल लेते हैं तो विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर सख संबत्त उन्नीस सौ इकतालीस नामक संवत्सर चल रहा है और विकारी नामक भी चल रहा है विक्रम संबत में दर्शकों भादव मास है और भाद्रपद शुक्लपक्ष की जो तिथि रहेगी दर्शकों ये आज रहेगी नौमी तिथि रात को नौ बजकर बाईस मिनट तक की इसके उपरांत दशमी तिथि रहेगी नक्षत्र जो रहेगा ये रहेगा ज्येष्ठा इसके उपरांत मूल नक्षत्र आएंगे और दोनों ही ये गंडमूल नक्षत्र हैं योग रहेगा प्रीति इसके उपरांत आयुष्मान योग रहेगा कर जो रहेगा ये रहेगा बालो इसके उपरांत कौलो और अंतिम करर जो रहेगा ये तैतिल करण रहेगा चंद्रदेव जो आज चरा चलायमान रहेंगे ये धनुराशि में गोचर करेंगे सूर्योदय सूर्यास्त की बात कर लेते हैं तो सूर्योदय क्योंकि पंचांग लखनऊ को मानक मान करके बनाया गया है अतः सूर्योदय होगा, पर और होगा को को नहीं करना है। तो राहुकाल का समय रहेगा सुबह आठ बजकर अट्ठावन मिनट से दस बजकर इकतीस मिनट तक की और शनिवार की दिशा की बात करते पूर्व दिशा की ओर दिशा रहता है यात्रा मत करिएगा यदि करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा पहले पश्चिम की ओर आपको चार कदम चलना है और फिर अदरक का सेवन या घी का सेवन करके तब आपको यात्रा करनी है और कोशिश कीजिएगा दशरथ कृष्ण श्रोत पढ़ने के बाद यात्राओं पर निकलेंगे तो बहुत ही ज्यादा लाभ आपको होगा शुभ समय की बात कर लेते हैं क्योंकि अशुभ समय तो सब बताते हैं अब आप कहेंगे पंडित जी शुभ समय भी बता दीजिए तो फटाफट इस वीडियो को देखिए लाइक कीजिए एक लाइक का टारगेट है तो प्लीज आप लोग फटाफट लाइक कीजिए अमृतकाल में आप कोई भी कार्य कर लीजिएगा ग्यारह बजकर बयालीस मिनट से एक बजकर चौबीस मिनट तक का रहेगा और अभिजीत मुहूर्त भी जो है ग्यारह बजकर उनतालीस मिनट से दोपहर बारह बजकर उनतीस मिनट तक की रहेगा तो इस दौरान आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं और एक और मुहूर्त हम आपको बताई दे रहे हैं विजय मुहूर्त दो बजकर आठ मिनट से दो बजकर अट्ठावन मिनट तक का रहेगा आप लोग इसमें शुभ कार्यों को करिए ईश्वर आप सभी लोगों को सिद्ध कर जो है आपके कार्य सिद्ध करेंगे दर्शकों जो तिथि हमने आपको बताई थी कि नौमी तिथि को कद्दू कोहरा बोला जाता है पूर्वांचल में और दशमी तिथि जो होती है इसमें परवर का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए शास्त्रों में इसकी मनाही है राशिफल पर दर्शकों आगे बढ़ते हैं आज का राशिफल क्या कुछ कहता है लेकिन दर्शकों एक चीज बताना चाहते हैं जीवन में सफलता असफलता की स्थिति तो सामान्यता सभी के सामने आती है परंतु बार बार व्यक्ति के भाग्य के उदय होने में बड़ी बाधाएं और विलंब सामने आते हैं जहां कुछ लोग अपने प्रयासों से जल्दी ही सफल हो जाते हैं वहीं कुछ लोगों के भाग्योदय में बहुत सी बाधाएं आती रहती हैं अब देखते हैं व्यक्ति लगातार मेहनत करता है मेहनत करता है लेकिन वो सफल नहीं होता है प्रत्येक कार्य के लिए देखिए दर्शकों को संघर्ष तो करना ही पड़ता है और वैसे तो हमारी जन्मकुंडली में सभी ग्रह और अन्य घटक मिलकर ही हमारे पूरे भाग्य को निश्चित करते हैं परंतु कुंडली में यदि नवम भाव की बात करें जो नवम भाव होता है ये खास करके भाग्य का होता है इसको भाग्य का स्थान भी बोलते हैं और जो इसके स्वामी ग्रह होते हैं ये भाग्येश की बहुत बड़ी भूमिका हम आपकी कुंडली में हमारी कुंडली में होती है नवम भाव को जहाँ धर्म का भक्ति का आस्था का कारक माना जाता है वही नवम भाव आपके भाग्य का भी प्रतिनिधित्व करता है तो दर्शकों यदि आपके भी भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है आपके काम भी बनते बनते रुक जा रहे हैं तो दिल्ली आ रहे हमारा दिल्ली आगमन जो है ये 14 और 15 सितंबर को है आप लोग अपॉइंटमेंट ले करके बुक करा सकते हैं उज्जैन आ रहे हैं आसपास के क्षेत्रों से लोग मध्य प्रदेश से जो वो लोग हैं आके मिल सकते हैं और आप लोग भाग्य में जो रुकावट आ रही है इसको दूर करने का आप और हम दोनों लोग बीड़ा उठाएंगे मिलकर के प्रयास करेंगे मेष राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा आज का दिन तो मेष राशि के जात को आज आपके करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे आपके जीवन में खुशियों में आज इजाफा होगा आज हर जगह आपकी प्रशंसा होगी आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी आज किसी खास काम में माता पिता की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित रहेगी घर के किसी काम से की गई यात्राएं फायदेमंद रहेगी जो स्टूडेंट कंप्यूटर से रिलेटेड जो है तैयारी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन खास रहने वाला है आज आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी वहीं घर पर कोई धार्मिक आयोजन आप लोग करा सकते हैं कोशिश कीजिएगा कि आज प्रातःकाल पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करके दिन की शुरुआत करिएगा और कार्य क्षेत्र पर निकलने से पहले अदरक वाली चाय पी करके जरूर निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ रंग आपके शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण वहीं वृषभ राशि के जातकों आज आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा वैवाहिक जीवन में आज आपकी खुशियाँ दुग्नी हो जाएंगी दुग्नी का मतलब दो बीविया नहीं होंगी खुशियां दुगनी होंगी शब्दों को पकड़िए मजाक कर रहे थे खैर आपके सामने आज आपको अचानक से ही कुछ ऐसा हासिल होगा वृषभ राशि के जात को जिसका बहुत दिन से आपको इंतजार था पूरे दिन आज आप नई ऊर्जा से भरे रहेंगे बिजनेस के किसी काम में कुछ जानकार लोगों की आज मदद मिलेगी जिन लोगों को कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम करते हैं या आज जो है ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा आज का दिन रहने वाला है आज आपके बिक्री में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है शाम को बड़े बुजुर्ग अपने दोस्तों के साथ किसी पार्क में यदि आप हैं तो घूमने टहलने जा सकते हैं और किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से दमदार व्यक्तित्व से आज आपकी मुलाकात होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा चूंकि शनि की ढैया चल रही शनिवार दिन है तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन जल में थोड़ा सा काला तिल डालिए और पीपल के वृक्ष पर अर्पण करिए दशरथ के शनि स्रोत का पाठ करिए कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले अदरक या जो है आज आप देसी घी का सेवन करके निकल सकते हैं शुभ कलर आपके लिए भी रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर मिथुन राशि क्या कुछ कहता है आज का दिन क्या कुछ नया लेकर के आया है तो आज परिवार के साथ आपको ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा रिश्तों में नवीनता आएगी आज व्यापार में बढ़ोतरी करेंगे अगर आज आप कुछ दिनों से पेट से संबंधित समस्या से परेशान थे तो उससे आज आपको काफी राहत मिलती हुई दिखाई देगी आज आप बेहतर महसूस करेंगे बच्चों के साथ कहीं घूमने बाहर जा सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज तरक्की के नए आयाम नए अवसर मिलेंगे आज आप धार्मिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं साथ ही किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा भी बन सकते हैं कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन गाय को रोटी जरूर खिलाइए और कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले गुड़ का सेवन करके निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा सफ़ेद शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण कर्क राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आज कर्क राशि के जात को वीकेंड रहेगा तो मित्रों के साथ बाहर ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं आपकी कोई अधूरी इच्छा आज होने की संभावना है बिना किसी पहचान के आज हर किसी पर भरोसा करने से आपको बचना चाहिए आज के दिन पढ़ाई में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यात्राओं का योग बन रहा है मेहनत लगा करके यदि आप पढ़ेंगे तो आपको उचित सफलता प्राप्त होगी जिन लोगों का कपड़ों से रिलेटेड व्यापार है लोहे से रिलेटेड व्यापार है उनको आज मुनाफा होगा आज आपको अपनी वाड़ी पर संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं दूसरों के मैटर पर अपनी टाँग मत अड़ाइए मत बोलिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन दशरथ कृष्ण शनि स्रोत का पाठ कीजिए और हो सके तो शनि चालीसा जरूर पढ़ के निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात सिंह राशि ग्रह के राजा सूर्य की राशि तो कैसा रहेगा हमारे शेरों के लिए आज का दिन तो शेर आप लोग जो है खुश हो जाइए क्योंकि आर्थिक रूप से आज आप लोग बहुत ज्यादा मजबूत अपने आप को महसूस करेंगे काफी दिनों से जो फंसा पैसा था आपको वापस मिल सकता है कोर्ट कचहरी के अंदर लंबे समय से चले आ रहे मामलों में आज फैसला आपके पक्ष में आ सकता है किसी बड़े कानूनी सलाहकार की आज आपको मदद मिल सकती है लेकिन घर के सदस्यों की सेहत के प्रति आज, आज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और आज जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा आज समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी कोई रुका हुआ कार्य आज, आज आपका पूर्ण होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो जल में एक चुटकी आपको जो है हल्दी डालना है और थोड़ा सा काला तिल डालना है और शिवलिंग पर अभिषेक करना है ओम नमः शिवाय मंत्र से शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम कन्या राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो कन्या राशि के जात आज मान प्रतिष्ठा को धूमिल हो सकती है आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है आज यदि आप कार्य क्षेत्र में कार पे जा रहे हैं तो अपनी वाड़ी का चयन अच्छे से करिएगा उच्च अधिकारियों के साथ बात विवाद होना तय है आज कोई आपके काम ताम तक की प्रभावित होगा जो लोग मार्केटिंग सेल्स की फील्ड से जुड़े हैं उनको आज अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं शाम तक कि कुछ धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा उपाय के तौर पर मंदिर में आज गुड़ का दान करिए और काले तिल का दान करिए आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और हो सके तो दशरथ के शनि स्रोत का पाठ जरूर करिए चूंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व तो तुला राशि के लिए सितारे क्या कहते हैं तुला राशि के जातकों को आज कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कोई बड़ी डील या किसी से पार्टनरशिप यदि करना चाह रहे हैं तो अच्छे से सोच विचार के आगे बढ़िएगा परिवार वालों के साथ आज किसी बात को लेकर के आपका मनमुटाव हो सकता है आज आपको अपना मूड अच्छा रखना चाहिए इससे घर का माहौल भी ठीक रहेगा जो लोग इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है दाखिला लेना चाह रहे हैं उनके लिए आज का समय बहुत अच्छा रहने वाला है आज, आज आपको अपनी जो है माता पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही आज जीवन के आप कुछ क्षेत्रों में कामयाब रहेंगे और कुछ क्षेत्रों में असफलता आपको हाथ लगेगी कोई नया प्रेम संबंध भी आज आपको स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ रहा कोशिश कीजिएगा कि आज जल में चंदन पाउडर डाल करके स्नान करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जात को आज आप छोटी सी बातों में भी खुशी तलाशने की कोशिश करेंगे आज आपका मन शांत रहेगा आप नई चीज़ों पर विचार कर पाएंगे जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला आज आपके पक्ष में हो सकता है जो लोग कला के क्षेत्र से अभिनय के क्षेत्र से संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें किसी बड़े ग्रुप के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा लोगों के बीच आपकी अल अलग छवि बनेगी आज आप दूसरों के सामने अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे कोशिश कीजिएगा कि आज घर में कपूर का जो है दीपक आप लोग जरूर जलाइएगा और बड़ों का पैर छू कर आशीर्वाद लीजिए शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा सेजिटेरियर धनुराशि धनुराशि के जातकों आज आपका दिन उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आज आपको भरपूर यस और मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको हर तरीके के भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी आपको अपने जीवन साथी से गिफ्ट में कोई उपयोगी वस्तु मिल सकती है आज आप अपने बिजनेस को दूसरे शहर में फैलाने के बारे में सोचेंगे और कई हद तक इसमें आप कामयाब होते हुए नजर आएंगे आपको किसी काम में अपने पिता या पिता समान लोगों से पूर्ण सहयोग मिलेगा जिससे आपका कार्य जल्दी पूरा होगा जो कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं उनको आज सफलता उनके कदम चूमेगी आज आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कबूतरों को आज आपको बाजरा डालना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण कैप्रिकॉन जी हाँ मकर राशि तो मकर राशि के जातक आज रोजमर्रा के कामों में थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आज किसी परिवार के जो है काम के सिलसिले में यात्राओं का योग बन रहा है तो आप कहीं लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं जो कोई साइंस से जुड़ा हुआ स्टूडेंट है इनको आज इनके शिक्षक से टीचर से विशेष मदद मिलेगी आज आप सेहत से रिलेटेड मामलों में बहुत ज़्यादा जागरूक रहने वाले हैं किसी भी काम को लेकर के आज अपनी ऊर्जा और शक्ति और अपनी कॉन्फिडेंस को आप लोग बनाए रखिएगा आज आपको अनजाने सोर्स से धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा किसी खास व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात बहुत ही फायदेमंद साबित होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो धर्म स्थान पर आज आप सफाई कीजिए और कम से कम दो तीन लोगों को आप अपने कार्यक्षेत्र में अदरक वाली चाय जरूर पिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम एक्वाइट्स कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जात को आज आप खुद को बहुत ज़्यादा प्राउड करते हुए महसूस करेंगे कुछ ईगो आपके अंदर आज आ सकती है आज दूसरे लोग आपके काम की तारीफ करेंगे ऑफिस में कोई बहुत बड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपके कंधों पर आती हुई दिखाई देगी और उसे आप बाखूबी निभाते हुए नजर आएंगे आपको अपने जीवन साथी से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है कुंभ राशि के जात यदि वकील से जुड़ा हुआ आपका पैसा है तो आपके लिए आज केस जीतने का दिन है आज का दिन आपके फेवर जो है फेवर में रहेगा आपके काम की गति आज काफ़ी तेज रहेगी आपके जीवन में आज भाग्य के साथ बना रहेगा आपके ज्ञान और अच्छे विचारों में बढ़ोतरी होगी मंदिर में मिश्री का दान करिए और दशरथ शनि स्त्रोत का पाठ करिए तो आपका जो है आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार शुभ दिशा रहेगी दक्षिण अंतिम राशि पर आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को फिर बता दें कि दिल्ली आ रहे हैं 14 और 15 तारीख को और उज्जैन भी आ रहे हैं 23 चौबीस सितम्बर को इच्छुक दर्शक जो कोई भी दिल्ली से उज्जैन से आप लोग संपर्क करके अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मीन राशि के जातकों आज आपका धन संबंधी जो है कुछ परेशान रहने के जो है योग दिखाई पड़ रहे हैं आज आपका कोई दोस्त आपकी परेशानी को सुलझाने में आपकी मदद करेगा प्रातःकाल से लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा परिवार वालों के साथ दर्शन के लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं किसी काम के प्रति आज आपकी कोशिश सफल रहेगी सेहत के मामले में भी आज आपका दिन बेहतर रहने वाला है जो कोई आर्ट्स साइड से रिलेटेड पढ़ाई कर रहा आर्ट्स स्टूडेंट है उनके उनको आज शुभ परिणाम प्राप्त होंगे आज बेहतर परिणाम हासिल होंगे कुल मिलाकर के आपका दिन शानदार रहने वाला है कोशिश कीजिएगा प्रातःकाल जल्दी उठ करके सुंदरकांड का पाठ करिए और यात्राओं पर निकलने से पूर्व अदरक से जो है अदरक का सेवन कर सकते हैं घी का सेवन करके तब तभी निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल वार्षिक राशिफल भी हमने अपने इस चैनल पर डाला है आप लोग जा के देख सकते हैं उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये राशिफल आपको जरूर पसंद आया होगा यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए हमारे इस राशिफल को शेयर कीजिए और दर्शकों इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार